नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 22 नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तथा जो हम पंचांग के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे वो पंचांग हमारा लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है इसके साथ ही साथ दो भाग्यशाली जो हमारे विजेता हैं उनके भी नाम की घोषणा आज हम अपने राशिफल के इस कार्यक्रम में करेंगे तो दर्शकों देरी किस बात की फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन आपको जरूर दबाइए तो बाईस नवम्बर दिन शुक्रवार रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर 14 मिनट पर दर्शकों विक्रम 1941 संबंध दो सुबह नौ बजकर एक मिनट तक की इसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी दसवीं को हमने बताया था कि कलंबी का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए सेम का फल भी नहीं खाना चाहिए छय तिथि है और नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी इसके उपरांत जो है क्या कहते हैं करण की बात करें तो विष्टि करण रहेगा तो करण जो रहेगा ये बब और तृतीय जो छय करण रहेगा ये रहेगा भालव योग रहेगा विष्कुंभ योग अशुभ समय की बात कर लेते हैं कि आज अशुभ समय क्या रहेगा अशुभ समय में आता है राहुकाल तो देखिए शुक्रवार का राहुकाल सुबह दस मिनट से लेकर के ग्यारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो कब करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त में ग्यारह बजकर इकतीस मिनट से लेकर के बारह बजकर तेरह मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं अः दिशा की बात करते हैं शुक्रवार चूंकि दिन रहेगा तो दिशा सुल पश्चिम दिशा की ओर रहता है शुक्रवार का और पश्चिम दिशा की ओर यात्राओं हो उससे बचना चाहिए लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि मिश्री का सेवन करके मक्खन का सेवन करके या सफ़ेद तिल के सेवन करके आप जो है यात्रा करिएगा डायरेक्ट पश्चिम दिशा में ना जा कर के पहले आप जो है पूर्व दिशा में चार पट चलिएगा उसके उपरांत आपको पश्चिम दिशा में जाना है दर्शकों चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये कन्या राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव जो चलायमान रहेंगे ये वृश्चिक राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यकालीन जो नक्षत्र रहेगा ये अनुराधा नक्षत्र रहेगा तो ये तो था बेसिकली हमारा दर्शकों आज का पंचांग आ, आगे बढ़ते हैं राशिफल पर हमारी राशियाँ क्या कहती हैं मेन से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा लेकिन दर्शकों प्लीज़ फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और हमारे जो दो भाग्यशाली विजेता हैं उनके भी नामों की घोषणा हम अपने इस चैनल पर अभी करेंगे तो मेष राशि के जातकों आज सितारे क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज व्य व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें बेवजह बात विवाद आज दूसरों से आपका हो सकता है लाभ के तमाम अवसर आज, आज आपके हाथ में आएंगे उत्साह व प्रसन्नता से काम आज, आज आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज किसी नए रोजगार का भी आपको सृजन होगा किसी मांगलिक कार्य में पार्टिसिपेट करने का आज आपको अवसर प्राप्त होगा आज कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड जो है आप लोग अपनी रजिस्ट्री वगैरह करा सकते हैं या कोई भूमि का टुकड़ा क्रय कर सकते हैं आज के दिन की यात्राएं आप आपकी मनोरंजक रहेंगी और सफल भी रहेंगी आज आपका बिजनेस और व्यापार जो रहेगा ये काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ करेगा उपाय क्या करना रहेगा तो शुक्रवार का दिन रहेगा ललिता सहस्त्र नाम का आज आप लोग पाठ करिए और श्री मंत्र का मानसिक जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज आप लोगों को गुस्सों पर अपने गुस्से पर काबू रखना है आज क्रोध का घूट आपको पी करके रहना पड़ेगा व्यापार व्यवसाय में आज उतार चढ़ाव चार, बना रहेगा भागदौड़ ज़्यादा रहेगी समय पर काम नहीं होने से मन में कुछ तनाव आपके बना रहेगा कामकाज में आज आपको बहुत अधिक ध्यान देने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी दूर स्थान से कोई दुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है नौकरी में अधिकारी जो है आज आपसे बहुत ही ज़्यादा जो है अपेक्षा पाले हुए हैं किसी व्यक्ति के उकसाने में आकर के किसी दूसरे से आज लड़ाई झगड़ा आप लोग मत करिएगा बाकी संतान की तरफ से आज आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किसी ब्राह्मण को आज केसर का दान और मिश्री का दान आप लोग जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज के दिन का निवेश आपके लिए शुभ फलदाई रहेगा नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी भाग्य का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा कोई खोई हुई खोई हुई व्यस्तु आज आपको मिल सकती है पहले किए गए प्रयास का आज लाभ आपको अब मिलेगा समय पर आज अपना कर्ज आप लोग चुकाते हुए दिखाई पड़ना है प्रतिस्पर्धियों पर आज आप लोग विजय प्राप्त करेंगे व्यापार व्यवसाय मनो लाभ देंगे किसी के साथ आज आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए तथा किन्हीं कन्याओं को छोटी कन्याओं को आज आपको कुछ मीठा देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन कर्क राशि के जातकों आज जोखिम मिठाने का आप लोग साहस कर पाएंगे आनंद और उल्लास के साथ आज आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा चोट व रोग से आज हानि संभव है आय में सुगमता रहेगी घर में मेहमानों का आगमन होगा आज खर्चे जो हैं ये आपके अधिक रहेंगे कहीं दूर से शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ आज आपको दिखाई पड़ेगा घर परिवार में किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो जो है आज होगा और आज प्रातः काल से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग भी बना हुआ है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जातको आज माँ लक्ष्मी को आपको गुलाब का एक फूल अर्पित करना रहेगा और ओम श्रीम श्रीय नमा इस मंत्र की एक माला का जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार तो हमारे जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम हम आपको बताए दे रहे हैं लेकिन जो हम इनके बारे में कुंडली के बारे में बताएंगे वो सिंह राशि के बाद ही बताएंगे तो जो हमारे पहले भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है तुषार पटेल तुषार जी अभी हम सिंह राशि के बाद आपको बता रहे हैं लेकिन फटाफट इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिए तो सिंह राशि के जातकों को व्यावसायिक प्रवास हो सकता है कामकाज में आज अनुकूलता रहेगी आज को कोई एक्सपेंसिव भेंट व उपहार आपको प्राप्त होगा जीवन साथी का सहयोग आज आपको मिलेगा धन लाभ होगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता कुछ आपको बनी रहेगी रोजगार प्राप्ति के यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आज के दिन ये सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे किसी बड़ी समस्या से आज आपको छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आपको पाठ करना रहेगा और किसी कन्या को आज आपको सफ़ेद मिठाई खिलानी पड़ेगी तो तुसार पटेल जी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बाईस पाँच उन्नीस है सुबह तीन बजकर का जन्म है बड़ौदा बड़ोदरा का है गुजरात में पड़ता है तुषार जी का जो प्रश्न है ये दो साल से Uh, क्या कहते हैं गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं ज्वेलर्स का काम करते हैं लेकिन इनकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो बिजनेस बढ़ाने का इन्होंने उपाय पूछा हुआ है देखिए तुषार जी आपकी जो कुंडली आ रही है मीन लगने की कुंडली है और जो आपकी राशि आ रही भाई साहब ये राशि आपकी आ रही है तुला लग्न के मालिक जुपिटर द्वादश स्थान में चले गए हैं तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे एक्सपेंसेस बहुत तगड़े रहेंगे किसी को यदि आप पैसा दे, दे देंगे जो है तो आपको वापस नहीं करेगा दूसरा जो आपने पूछा है कि आपका व्यापार तो यहाँ पर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुद्ध और बुद्ध यहाँ पर अस्थ अवस्था में है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको राय देना चाहेंगे कि आप गणपतिया थर्म सीड्स का नृत्य पाठ करिए और कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले कुछ मीठा खाइए इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा बढ़ेगा अपने घर के या ऑफिस जहां पर आपका ये है 12 इंच बाय 12 इंच का एक मिरर गोल्डन फ्रेम करके आपको जो है उत्तर दीवाल पर टांगना रहेगा शुक्रवार के दिन और सूर्य देव को आपको डेली चल देना रहेगा इन उपायों से आपका बिजने, बिजनेस बिजनेस निश्चय ही बढ़ेगा और अधिक यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो कन्या राशि के जातकों देखिए दूसरे भाग्यशाली विजेता की भी नाम की घोषणा इसी राशिफल में करेंगे और आप लोग फटाफट लाइक कीजिए आप भी हमारे भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस इन चीज़ों को कमेंट करिए अपना क्वेश्चन लिख करके छोड़ दीजिए और तमाम दर्शक जो हैं कुछ कहते हैं पंडित जी हम आपसे नाराज़ हैं हम आपका चैनल नहीं देखेंगे आप हमारे क्वेश्चन नहीं लेते हैं आप खुद देखिए इतने कमेंट आते हैं किसके क्वेश्चन में किसके ना सिर्फ दो लोगों का ही हमको नाम इसमें जो है आता है आप भी हो सकते हैं तो आप लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पे उग्र मत होइए ठीक है।, है जी आप लोगों के लिए आप लोग कंटिन्यू प्रयास करिए और निश्चित ही हम आप कर लेंगे और वो जो इन्होंने कमेंट किया था राशिफल में इन्होंने अपनी कोई डिटेल भी नहीं दी है तो मतलब दादागिरी इसको कहते हैं खैर कोई बात नहीं आप लोग परिवार के हैं तो इतना गुस्सा आप लोगों का जायज़ है कन्या राशि के जात को आज कीमती वस्तुएं संभाल कर जो है आपको रखना पड़ेगा धन हानि की आशंका आज बहुत अधिक बढ़ी हुई है व्यापार ठीक चलेगा आय बनी रहेगी कोई बहुत बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है आज के दिन किसी नए मेहमान का घर में आगमन हो सकता है चिंता तथा तनाव में आज आप बहुत ज्यादा रहेंगे आज अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे मित्रों का सहयोग उत्तम प्राप्त होगा उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न होंगे कोई नया टास्क आज आपको देंगे शाम तक की धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी नए रिश्ते की आज शुरुआत हो सकती है प्रेम के मामले में आज कोई जीवन जीवन जो है मतलब प्रेमिका आपके आपके में में या प्रेमी लाइफ कर सकता है उपाय के तौर पाठ करना रहेगा तो रहे और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके आपको निकलना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छ तुला राशि के जातकों तो घर परिवार की आज आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता रहेगी आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कोई नई समस्या आज आ सकती है शारीरिक कष्ट की भी आशंका है लापरवाही मत करिएगा नौकरी में आज, आज आपको थोड़ा सा सुकून मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है उच्चाधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे पहले किसी व्यक्ति को दिए गए कर्ज की आज रिकवरी अर्थात वसूली हो सकती है आज, आज आपके द्वारा व्यवसाय की यात्राएं सफल होंगी धन प्राप्ति का मार्ग भी आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए लक्ष्मी का का आप लोग का आप लोग लोग पाठ करिए और 108 बार जाप शुभ शुभ आपके आपके लिए रहेगा, ये रहेगा आज तो, अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा रहेगा, रहेगा ये ये आज अंक दो वृश्चिक राशि के जातकों किसी सामाजिक कार्यक्रम में आज प्रतिभाग लेने का अवसर प्राप्त होगा आर्थिक वृद्धि के लिए नई योजनाएं बनेगी आज तत्काल लाभ नहीं होगा लेकिन शाम तक की लाभ होगा मान सम्मान आज आपको मिलेगा नए अनुबंध नए कॉन्ट्रैक्ट आज आपके गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं उत्साह व प्रसन्नता से आज आप लोग कार्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज शारीरिक रूप से थोड़े से आप लोग अस्वस्थ रहेंगे उपाय क्या करना रहेगा तो शिवलिंग पर दूध में आपको जो है काला तेल डाल करके अभिषेक करना रहेगा धर्म स्थान पर आपको मिश्री का या चीनी का दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो हमारी जो दूसरी भाग्यशाली विजेता हैं, इनका नाम है अंजलि जी और धनु राशि के बाद हम आपकी कुंडली के बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा और प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिए धनुराशि के जात को आज का दिन लाभ के तमाम अवसर लेकर के आया है लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष देना है लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा कोर्ट व कचहरी तथा सरकारी कामों में आज आपके अनुकूलता बनी रहेगी किसी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा मत करिएगा गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा जीवन साथी को कोई एक्सपेंसिव भेट व उपहार आज आपको देना पड़ सकता है किसी अनहोनी की आशंका जो है आज रह सकती है आज के दिन यात्राओं को संभाल कर करिएगा आज आपके पुत्र को स्वास्थ्य को लेकर के मतलब संतान पुत्र या पुत्री माफ़ करिएगा संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कोई आज आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वो लोग बाहर जा सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है शुक्र कवच का पाठ करिए और ओम राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमा इस मंत्र का एक बार जाप करिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक नौ तो अंजलि जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अट्ठाईस बारह उन्नीस सौ छियानबे और सुबह ग्यारह बजे का जन्म है अलीगढ़ का आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी तो चलिए आपकी कुंडली पर चलते हैं तो अंजलि जी आपकी जो कुंडली बनती है ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और जो आपकी राशि आ रही है ये कर्क राशि आ रही जलीय राशि है आपने पूछा है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी तो आपकी कुंडली में देखें लव मैरिज अरेंज मैरिज देखने के लिए दोनों लोगों की कुंडली होना आवश्यक है लेकिन आपकी कुंडली ये सशक्त रूप से कह रही है कि निश्चित ही आपकी लव मैरिज होगी दूसरा सरकारी क्षेत्र में जाने के बारे में पूछा है तो किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको नौकरी लग सकती लेकिन बहुत बड़े पद पर नहीं लगेगी नौकरी आपकी जल्दी लगे इसके लिए उपाय क्या है तो उपाय सूर्यदेव को डेली पहली बार तो आपको जल्द देना रहेगा दूसरा पूर्णिमा का आपको व्रत रहना रहेगा और तीसरा कोशिश कीजिएगा कि की, हाँ सोमवार वाले दिन गाय को जो है आपको मीठे चावल खिलाने रहेंगे मतलब चावल में शक्कर डाल करके आपको उबालना रहेगा और इसको आपको हर मंडे खिलाना रहेगा ये छोटे से आप योग करिए आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी तो फटा फटाफट आप इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए मकर राशि के जात को मकर राशि के जात को आज कोई वाहन क्रय करने का योग बन रहा है लेकिन मशीन के या वाहन के प्रयोग में आज आपको सावधानी बरतना होगा शारीरिक हानि की आशंका आज बन रही है कोई पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है किसी व्यक्ति के व्यवहार से आज आपको दिल पर ठेस पहुँच सकती है क्रोध हुआ उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखिएगा आय में आज आपके फ्लो बना रहेगा और आज आप लोग किसी क्या कहते हैं पूर्व में किए गए निवेश के माध्यम से अधिक धन कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन आप लोग जो है श्री मंत्र का मानसिक जाप करिए और आज कभी भी जो है कोशिश कीजिएगा पूरे दिन में एक बार गाय को आप लोग रोटी में शक्कर डालकर के गुड़मठ डालिएगा चीनी या मिश्री डालकर के पूरे दिन में कभी भी खिलाइएगा बहुत ही अच्छा उपाय है धन प्राप्ति के मार्ग आपके सुलभ होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वहीं कुंभ राशि के जातकों आज दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा सरकारी कामकाज में अनुकूलता रहेगी स्थिति आज आपके नियंत्रण में रहेगी लाभ के अवसर आज आपके हाथ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आज, आज आपको किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है किसी लंबे मनोरंजक प्रवास का कार्यक्रम बन सकता है आज अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिएगा आँखों में कोई चोट लग सकती है और कर्ण संबंधी अर्थात कानों में कोई प्रॉब्लम आज, आज आपको आ सकती है फिलहाल सुख के साधन जुटेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए किसी छोटी कन्याओं को आज आपको पका हुआ भोजन खिलाना रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग जो है शुक्र देव के वैदिक मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोगों से अपेक्षा है कि यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए और हाँ हमारे इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं मीन राशि के जातकों रोजगार प्राप्ति के प्रयास आज सफल होंगे और कार्य के प्रति आज उत्साह रहेगा कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आज सफलता की गुंजाइश बहुत अधिक है भूमि व भवन इत्यादि की खरीद फरोख की योजना सफल रहेगी आज कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है किसी से लड़ा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा आज आपके मन पर कुछ कुबुद्धि हावी रह सकती है इसलिए कोई भी निर्णय सोच तो समझ कर करें तो बेहतर रहेगा वाहन चलाते समय सावधानी का प्रयोग करिएगा पेट से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हल्के में मत लीजिएगा डॉक्टर के पास आज आप लोग जरूर जाइएगा आपके घर और परिवार में आज किसी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए दूसरा प्रयोग आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र कवच का आप लोगों को आज पाठ करना रहेगा तीसरा आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गाय को आज आप लोग चावल आ, क्या कहते हैं उबाल करके जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ तो मे से लेकर के मीन राशि के जातकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से निवेदन है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है मंथली राशिफल भी पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी पड़ चुका है आप लोग जा के देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय महालक्ष्मी